मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और बीजेपी नेताओं उमा भारती ने ट्वीट कर जानकारी दी कि वे अज्ञातवास पर जा रही हैं। उमा ने कहा कि गंगा सफाई और शराबबंदी पर उन्हें पार्टी का समर्थन नहीं मिल रहा है मध्य प्रदेश में उमा भारती काफी समय से शराबबंदी और गंगा सफाई को लेकर अभियान चला रही हैं, लेकिन इसमें सरकार का समर्थन न मिलने पर उमा की पीड़ा सामने आई है उमा भारती ने ट्वीट कर जानकारी दी की उन्होंने अज्ञातवास में रहने का फैसला लिया है उमा ने कहा की अमरकंटक के आस रहूंगी गंगा के किनारे की यात्रा और शराब के खिलाफ अपने अभियान के लिए भगवान एवं जनता का साथ तो रहा लेकिन मेरी पार्टी भाजपा मेरे इन दोनों अभियानों के प्रति तटस्थ रही उमा ने कहा कि निजी तौर पर मेरी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता इन दोनों अभियानों के लिए मेरे प्रति सम्मान और समर्थन दिखाते हैं लेकिन पार्टी की ओर से कोई विशेष आयोजन इन विषयों को लेकर नहीं होता